दोस्तों पेट का वेट कम करने के लिए ये एक्सरसाइज करना चाहिए सीधे लेट जाओ ये सीधे लेट जाओ और ऐसे 50 करो इससे ये जो मैंने एक्सरसाइज की है ये कम से कम 50 करो इसको बोलते हैं सीटअप ये करने से जो पेट की चर्बी होती है वो गैप हो जाती है धन्यवाद